ऐसे आप लोग हैं वक्त सब बढ़िया देंगे बढ़िया ही होने चाहिए तो अभी तो सामान लेने जा रहा हूँ बाहर और 32 फ्लोर से और ग्राउंड फ्लोर से मैं पूरा पैदल आया हूँ और अभी यहाँ पे सामान कहाँ लेना है मुझे पता नहीं है फिर भी मैं जा रहा हूँ पापा ने ऊपर से मुझे दिखाया था ये शॉप है करके चलते वहाँ पर देखते कौन सा शॉप है फिलहाल पूरा एकदम थक गया हूँ बहुत ज़्यादा ही थक गया हूँ और अच्छा नसीब अच्छी के शूज़ पहना था तो अभी चलते फटाफट से सामान लेते और ऊपर चलते फिर से कुछ खाने पीने का सामान है वो लेना वो लेके फिर जाता तो भूख लग गया ना यार ना ऊपर नीचे जा